हेलो लोग कैसे आप लोग आयो सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो गुड इवनिंग गुड नाइट जो भी बोलो और अभी रात में मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि जो है अभी मैं सुबह से एग्ज़ाम था ना तो एग्ज़ाम की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाया तो अभी मैं रात में निकला हूँ घूमने के लिए भाई के साथ फर्स्ट टाइम मैं भाई के साथ घूमने के लिए निकला हूँ और ये दे देख रहे हो पेट्रोल पम्प एकदम लंबी वाली लाइन एक बार मैं आपको ये चेक करो कितनी लंबी लाइन है और एक निकाता वो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन के आगे ले जा रहा है ना एक तो अपना दोस्त है वो गाड़ी देखे हम लोग घूमने निकले अभी रात में समथिंग कुछ साढ़े आठ बज रहा है और आठ बजे हम लोग घूमने निकले सोच सकते हो और देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे अभी ब्लॉग में हम लोगों के सामने नहीं करोगे क्योंकि भाई ने मना किया था ब्लॉग करने क्योंकि एग्ज़ाम है तो अभी भाई आ रहे भाई आई है तो अभी चलते फटफट से बंद अभी आगे यहाँ जाएँगे वहाँ का बोलूँगा नहीं बस तो सिनेमेटिक डालता हूँ मैं तो नहा के आया हूँ सुबह तो कर रहा हूँ मैं आपने <laughs> <laughs> नहाया कि नहीं अभी तक दूसरी बार नहाया कि नहीं वो बताओ सुबह <laughs> तक <laughs> मैं मान मेरा तो डेली रूटीन हो गया एकदम तो शाम को छः बजे नहाने का शाम <laughs> को घंटा नहीं नहा शाम तो को बारह बजे तो घर ही पहुँचता हूँ मैं मैं चार बजे घर पर आता हूँ सुबह अगर मैं सात नौ बजे स्कूल जाता हूँ ना अभी तो एग्जाम चल रहे हैं ना क्लासेस भी सात बजे का रहते अभी जिस दिन छुट्टी रहती है तो जाट के आता हूँ तीन बज जाता है आते मेरे को चार बजता है उसी हिसाब से खा पीए छः बज आराम करते करते छः बज जाता है फिर नहाता होता हूँ और फिर सुबह उठ के नहाने की जरूरत नहीं रहती ना इसलिए शाम को नहाता हूँ आ ले रही है हवा भी बहुत अच्छी आ रही है तो तो में इदा, इदा रहता ना चालू हो रही है लॉक बालू जल दिया लुक दे रहे तो वे क्यों जा गा दे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए इधर पे मतलब जहां पे हम लोग आना था ना एकदम समुंदर की किनारे और पानी एकदम इधर पे आता ही जा रहा है देख रहे हो पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं पर यहां पे आ रहा है पूरा पानी आगे आ रहा है और उन लोग वहां पे खड़े पार्टी कर रहे हैं ना उन लोगों से थोड़ा अलग से आगे हो पार्टी वो लोग कर रहे और अच्छे साफ करते घर चलते फिर उसके बाद यहाँ से बस इतना इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाऊँ क्योंकि भाई के साथ तो ही तो चलते घर पे पट पट से बात चेक कर रहे हो क्या खतरनाक सा व्यू आ रहा है और इधर पे और मतलब यहाँ पे यहाँ तक अभी रात तक इधर पे पानी आ जाएगा जहाँ हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़े टाइम में यहाँ से निकल जाएंगे और बस आप पानी का इन्जॉय करो और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थोड़ी देर में और भी सिनेमेटिक डालता हूँ